हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आई जी हैशार्ट करते हैं वीडियो ऐसे तकनीक में बहुत सारे इवेंट आए हुए हैं नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे और और सभी में गेम भी खेलेंगे चलो फिलहाल तो अपन फर्स्ट वीडियो है मेरी कस्टम ट्रेनिंग हैं हैं में मैं कैरेक्टर के, के बारे में तो सुना होगा, मैं बता देता ये कैरेक्टर है, जो काफी अच्छा है की तरह काम करता है। है, करता है, है, है, हेल्थ बढ़ता रिवाइव बेस्ट कैरेक्टर है और ये कैरेक्टर हम सबको तो फ्री में मिलेगा खेलते हैं पहले फिलहाल सॉर्डरम चलेंगे, सॉर्डरम ले लेते हैं और यहाँ पे भी ले लेते हैं, चलो और स्कोप स्कोप चाहिए वहाँ पे ले लेते हैं, फिर डीजे डीजे लोग चालू हो चुका है इंडिया, तो शुरू शुरू करते हैं गेम, ये भी चलते हैं फिलहाल one leg ho raha hai sab the jaga tha homey close till i get up mm -hmm. time is belly i side and yeah yeah yeah i don't know oh, where is yeah. what left is so don't we chase and leading us right. and love is all we we'll ever try <laughs>